शामगढ़ मंदसौर जिले का प्रमुख स्थान है यहाँ के मुक्तिधाम का चित्रण हम आपको बता रहे हैं ये पेड़ पौधे ये हरियाली और ये सौंदर्य यही तो विशेषता है शामगढ़ के मुक्तिधाम की अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इस मुक्तिधाम में ये जो खड़े हैं ये हैं दिलीप कुमार देशभक्त ये मध्य प्रदेश के जाने माने सिंगर हैं और इनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है अब हम ये आपको बता रहे हैं कि इस मुक्तिधाम में ये जो नेम प्लेट लगी है ये नेम प्लेट डॉक्टर दया आलोक शामगढ़ के द्वारा उनके पुत्र डॉक्टर अनिल कुमार राठौर दामोदर चिकित्सालय शामगढ़ द्वारा इस संस्थान के निर्माण विकास संरक्षण हेतु इक्यावन हजार रुपये का दान समर्पित किया है सन 2022 इसके बाद हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ ये जो बेंचें लगाई गई हैं इन बेंचों को ये नगर परिषद शामगढ़ के द्वारा इन बेंचों को दिया गया है ये यहाँ पर आज जो प्रोग्राम हो रहा है वो भगदी राम जी चौहान शामगढ़ के घाटे का कार्यक्रम यहाँ हो रहा है अब इस स्थिति को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि जामगढ़ के मुक्तिधाम में भगवान भोलेनाथ की मूर्ति लगी हुई है ये एक बड़ा भारी बड़ का पेड़ है इस बड़ के पेड़ के नीचे भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं भगवान भोलेनाथ का शास्त्रों में बताया गया है कि ये शमशान वासी हैं यानी जो शमशान घाट होता है उसके ये देवता हैं भगवान भोलेनाथ को मृत्यु का देवता भी कहा गया है ये स्थान जो आप सामने देख रहे हैं जब किसी की मृत्यु होती है और उसके बारे में जो श्रद्धांजलि दी जाती है तो ये श्रद्धांजलि का कक्ष है इसमें करीबन 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है दा, ये जो चिकित्स ये आ, आ, मुक्ति धाम है इस मुक्तिधाम का शुरू में नब्बे के दशक में श्री रमेश चंद्र जी राठौर शामगढ़ के द्वारा विकास का जिम्मा उन्होंने अपने हाथ में लिया और इसका विकास किया ये जो हरियाली है ये पेड़ पौधे हैं ये निर्माण हैं ये सब उन्हीं की देन हैं इसके अलावा आजकल इस मुक्तिधाम की देखरेख रेख और निर्मल जी सोनी ये समिति के प्रमुख व्यक्ति हैं इनके द्वारा ये देखरेख रेख यहाँ की जाती है